कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान असफलता धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाओ उन्हें चबाते रहोगे अर्थात सदैव उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही होगा पैसा तो सब कमाते हैं दुआएं भी कमाओ दुआ वहां काम आती है जहां पैसा कम नहीं आता जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई ही निकल आए और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो संभव है कि उसमें कोई अच्छाई ही नजर आ जाए दुखी रहना हो तो हर किसी में कमियां खोजो और प्रसन्न रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है परंतु फिर भी करेला कड़वा गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है यह दोष पानी का नहीं है बीज का है ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है जो उचित हो वही करो जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगीत खाने के लिए गम पीने के लिए क्रोध निगलने के लिए अपमान व्यवहार के लिए नीति लेने के लिए ज्ञान देने के लिए दान जीतने के लिए प्रेम धारण करने के लिए धैर्य तृप्ति के लिए संतोष त्यागने के लिए लोभ करने के लिए सेवा प्राप्त करने के लिए यश फेंकने के लिए ईर्षा छोड़ने के लिए मोह रखने के लिए इज्जत और बोलने के लिए सत्य न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो ना ही तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है इसीलिए जो तुम्हें चाहते हैं दिल से सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए